निर्भया कांड में दरिंदों को सजा दिलवाने वाली सीमा कुशवाहा जी वकील सीमा कुशवाहा जी हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे मैडम कानून को देखा जाए तो न्याय देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है आ, बिल्कुल मिलता है लेकिन ऐसा भी है कि नहीं भी मिलता है ये भी सच है क्योंकि बहुत सारे न्याय तो उनको भी मिलना है जो निर्दोष हमारे तिहाड़ जेल, जेल जैसे देश की बड़ी बड़ी जेलों में बैठे हुए जिनको जिनकी कोई गलती नहीं थी निर्दोष फंसा दिया गया आज तक उनकी कोई पैर भी करने वाला नहीं है सुनवाई करने वाला नहीं है तो जस्टिस के वो भी हकदार हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ जो मैटर हाईलाइट हो गए जिन्होंने अपने केस की पैरवी कर ली है और निरंतर लगे रहे तो न्याय मिलता भी है जैसे निर्भया केस में आपने देखा निर्भया केस की बात करें तो इसमें काफी लंबा टाइम लगा वकील जो अपोजिट साइड में खड़े थे उन्होंने भी कई बार पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से फिर मांगेगा राष्ट्रपति इतना समय क्यों जब केस स्पष्ट है कि ऐसा हुआ है देखिए एक और चीज़ है कि कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम जो है चीज़ों को मैनुपलेट भी करता है पुलिस कभी कभी गलत लोगों मतलब लोगों को गलत तरीके से भी फंसा देती है तो हमारा जो प्रोसीजर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी ने अपराध भी किया है तो उसको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है डेथ पेनल्टी में सिस्टम ये है कि वहाँ पर प्रोविज़न है मर्सी uh, पिटिशन का त और ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ये रिवर्सेबल नहीं है कि एक व्यक्ति को आपने फांसी की सजा दे दी और बाद में आपको पता चला कि वो तो निर्दोष था तो आप उसको कैसे कम्पनसेट करोगे इसलिए उस व्यक्ति को लास्ट ब्रीथ तक सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है शत्रुघ्न चौहान का उसमें ये प्रोविजन आया तो उसके अलावा भी कोई व्यक्ति अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कभी कभी क्या होता है कि जज-जज भी जो है करप्शन कर लेते हैं और जजमेंट भी सही नहीं देते कभी कभी ऐसा हो जाता अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने ऐसा कर दिया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होंगे तो कम से कम उस व्यक्ति को हाई कोर्ट जाने का अधिकार हो उस पर प्रॉपर तरीके से सुना जाए फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो नहीं निकल करके आई कुछ गबाओं को डराया वो नई चीज़ें आगे फैक्ट तो वहाँ सुना जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको लगता है कि नहीं ये व्यक्ति जो है सुधरने के पूरे गुंजाइश हैं बहुत सारी चीज़ें तो उनका वो वॉलेंट्री है कि वो माफ़ भी कर सकते हैं तो ये पूरा सिस्टम ऐसा बनाया गया कि निर्दोष व्यक्ति को सजा ना हो जाए इसलिए उसको हर स्टेज पर सुना जाएगा जिसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसलिए है येमा जी आप सबसे छठी प्रभावशाली और प्रतिभा महिला है। एक बात मन में सवाल उठता है कि जो कानून बनते हैं कभी कभी उनको इतना दुरुपयोग किया जाता है कि कभी भी हम जब गलत के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें खुद गलत नहीं करना चाहिए और ऐसी फीमेल को मैं यही कहना चाहूंगी हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है हमारी लड़ाई महिलाओं की भागीदारी उनकी सुरक्षा की उनके सम्मान की लड़ाई है उनकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव भागीदारी की लड़ाई है लेकिन हम इन छोटी चीज़ों में उलझ करके कि चूंकि हमें कुछ कंपनसेशन मिल जाएगा तो हम किसी बेटे को झूठे केस में फंसा देंगे या हस्बैंड को फंसा देंगे तो ये मुझे लगता है कि आप अपनी लड़ाई को ही कमजोर कर रही हैं देखा जाता है कि पैसे के लिए लोग तो एग्जाम्पल दे बता रही हूँ मैं एक केस आया जिसमें एक लड़की की शादी की गई चार साल पहले शादी हुई उस लड़की के वो लड़की एम ए कर रही थी उसकी पढ़ाई उसके फादर ने छुटवा दी अगर वो उसको दो साल टाइम देता तो वो सरकारी नौकरी कर लेती पढ़ाई छुटवा दी उसके फादर ने जिस घर में शादी की फोर व्हीलर कार दी और बहुत सारा पैसा दिया वो पैसा बेटी के नाम नहीं किया वहाँ पर क्या हुआ हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ अब वो बेटी दो साल के बच्चे को लेकर के अलग रहने को मजबूर है मायका मायके वाले कह रहे हैं अपने पति को छोड़कर के मेरे यहाँ नहीं रहोगे उसके पास कोई नौकरी नहीं है पति घर में रखने को तैयार नहीं है ससुराल वाले एक सवाल है कि वो बेटी अब कहाँ जाएगी जब वो बेटी अपने पति के ख़िलाफ़ कि उसने मारपीट करके घर के से निकाला मुकदमा करती है फोर नाइन्टी एट का जो मुकदमा करती है कि क्रवालिटी की कोर्ट जाती है कि मेरे बेटे, बेटे को मैंटेनेंस दो क्योंकि उसको तो आपने ना नौकरी करने दी ना उसके पास प्रॉपर्टी है वो जाएगी कहाँ उस बच्चे का लालन पालन कैसे करेगी तो वो कोर्ट से मांगती है मैंटेनेंस और कहती है कि मेरे बच्चे को पढ़ाना है मुझे मैं कहाँ खान से खाने के लिए लाऊँगी मैं कहाँ पर रहूँगी तो मुझे आप दस हज़ार महीने दो तो पति कहता है या कोर्ट कहती है कि चलो आप दस की जगह सात ले लो अब सात हज़ार रुपये में वो बेटी एक रह रही है अलग फिर उस पर दबाव ज़... वो अपनी केस की पैरवी करने जा रही है जहाँ पर पैसे खर्च कर रहे... करने हैं वकील को पैसे देने वो लड़ पाएगी इस सिस्टम से वो ये बुराई तो उसके साथ गलत हुआ ना फिर क्या करते हैं कोर्ट कहती है आप कंप्रोमाइज़ कर लो जब वो कम्प्रोमाइज़ करती है तो वो कहती है कि कम से कम हमें इतना पैसा दिला दिया जाए कि मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाए और हमें भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं होगी पड़े इस पूरे सिस्टम को समझिए ना बेटी वो मानसिक रूप से मजबूत कि वो जा कर के कहीं ठेला लगा करके जूस बेच सके अगर वो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकती ना वो बेटी सामाजिक रूप से मजबूत क्योंकि अगर वो ठेला लगाएगी कुछ छोटे मोटे काम भी करेगी दस लोग उस पर ना छीटा कसी करने वाले निकल जाएंगे कैसे पैसे कमाएगी वो परिवार उसके साथ नहीं समाज उस पर अगर उसके पति ने छोड़ दिया तो उलांछन लगाएगा ऐसी नहीं होती तो पति छोड़ देता ये सामाजिक रियलिटी की बात कर रही हूँ कानून छोड़िए वो मिस नहीं है वो उसके भविष्य संभालने के लिए वो कह रही है कि चलो हम मुकदमा वापस ले लेंगे कम से कम हमें मेंटेन करने के लिए जो हमारी पूरी लाइफ हमारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया मेरे बच्चे का भविष्य भी गर्त में जाने वाला है तो आप कुछ पैसा दे दो ये पूरा सिस्टम है वो बेटी कभी मुकदमा नहीं करेगी वो कभी पैसे नहीं मांगेगी सरकार उसकी जिम्मेदारी ले जिन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है उनको रहने को घर देगी उनको सरकारी नौकरी देगी उनके बच्चों की परवरिश करेगी भाई साहब इस सिस्टम में इतनी खामियां हैं एक फीमेल के लिए अगर कोई बेटी आपके समक्ष या कहीं पॉलिटिकल पावर में या कहीं पहुंची है ना उसका संघर्ष एक पुरुष से जस्ट डबल है वो अलग बात है कि योगेश भाई साहब जैसे आ, आ, लोग भी हैं जो अपनी पत्नी का पूरा सपोर्ट करते कल कर, उनकी पत्नी मेरे साथ थी कमला भाभी जी वो बता रही थी की मैम इनके बिना हमारे लिए संभव नहीं था एम पी बहुत जरूरी है जी एम जो ऑनलाइन की प्रोसेस चलती है उसको लेकर क्या बोलेंगे जज ने, ने वो डिसीजन दिया इस पर इस पर क्या है कि वो निकल के बाहर आनी चाहिए क्या बिल्कुल मेरा ये मानना है की ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है क्योंकि बेचारे क्लाइंट को पता ही नहीं है कि जज साहब ने क्या बोला और मेरे वकील ने क्या बोला और कोर्ट में हो क्या गया तो कम से कम इस तरीके का अगर सिस्टम डेवलप हो रहा है तो घर बैठे आप भी सुन सकते हैं अगर आप मीडिया से तो आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है आप वहाँ देखिए आप अपनी ओपिनियन बना करके रिपोर्ट बना देंगे और दूसरी चीज़ ट्रांसपेरेंसी होगी कि कोर्ट में हो क्या रहा है सब लोग देखेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ऑनलाइन हियरिंग हो गई है और वो यूट्यूब पर जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की चीज़ें हैं वो आ रही हैं और होना ही चाहिए सवाल कि आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ आगे आने वाला भविष्य आपका है लड़ना झगड़ना सीखिए गलत के खिलाफ लेकिन गलत खुद भी मत करिए चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ चाहे आपका भाई हो पिता हो बेटा हो पति हो उसके खिलाफ भी गलत नहीं करना है लेकिन अगर आप अपने कंधों पर समाज की ज़िम्मेदारी ले, ले लेंगी तो ये समाज बहुत ही सुदृढ़ समाज बनेगा जो इसमें कमियाँ खामियाँ हैं क्योंकि ये इस देश की महिलाओं ने प्रूव किया जब भी वो पावर में बैठी हैं आपके मध्य प्रदेश में होलकर समाज से आने वाली अवंत क्या नाम था अवंती बाई लोधी जी मैं जब उनके बारे में पढ़ती हूँ ना तो मैं सॉक्ट रह जाती हूँ एक उनके पति की जब डेथ हो गई उन्होंने किस तरीके से पूरा सिस्टम को चलाया तो ये इतिहास भरा पड़ा है हमारे देश में महिलाओं से जब वो पावर में आई है तो बहुत अच्छा काम किया पति तो रानी, रानी लक्ष्मी भाई रानी लक्ष्मी भाई अभी प्रेजेंट में बहुत सारी रानी लक्ष्मी आपके घर में भी आपकी बेटी पत्नी होगी आप एक बार देखिये एक्सपोजर दीजिए घर से बाहर निकालिए प्रूफ कर देंगे अपने आप को सब आगे बढ़िए एकजुट होकर थैंक यू बात करने के लिए थैंक यू तो ये थी हमारे साथ सीमा समृद्धि कुशवाहा जी जिनका साफ तौर पर करना है कि महिलाएं गलत को बर्दाश्त बिल्कुल ना करें और गलत खुद भी ना करें समाज सुधरेगा न्याय मिलता है देर से मिलता है लेकिन न्याय जरूर मिलता है कैमरा मैन अफजल के साथ सत्यम शर्मा दखल न्यूज भोपाल